टीकमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्षीय राजनीतिक जीवन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष और उनके जीवन पर रोशनी डाली गई कार्यक्रम के के के में केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ से सांसद डॉ. वीरेंद्र खटीक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और प्रधानमंत्री की योजनाओं और उसके लाभ के बारे में बताया मोदी के बीस सालों के राजनीतिक जीवन के तथ्य इस समारोह में उजागर हुए सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने बताया की किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन काल उतार चढ़ाव से भरा रहा एक सामान्य परिवार में जन्मे व्यक्ति का जीवन चुनौती पूर्ण रहा उन मुहैया कराई जो लंबे समय से कच्चे मकानों में या बिना किसी आवास के रह रहे थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना मिल का पत्थर साबित हुई भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का कार्यकाल स्वर्ण काल में गिना जाएगा और आने वाले वक्त में देश और ऊंचाइयों को छूकर इतिहास बनाएगा इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष अमित नूना और वरिष्ठ पत्रकार यशुवर्धन नायक उपस्थित रहे वर्ल्ड ऑफ इंस्पिशन ग्रुप एवरी रिजल्ट हाइएस्ट पैकेजेस एंड डिलीवरिंग पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एल एन सिटी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन